नमस्कार आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम महर्षि वाल्मीकि द्वारा चित्र रामायण के पात्र रावण के बारे में चर्चा करेंगे और उसके गुणों विचारों से अभी कौन अभिभूत है उस पर चर्चा करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं महर्षि वाल्मीकि अपने रामायण में रावण के गुणों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं रावण किसी रूप ज्ञान धर्म और बल में राम से कमज़ोर नहीं रहता लेकिन रावण के निर्णय विचार और लोगों से व्यवहार के मामले में राम से बिल्कुल ही भिन्न भिन्न होता है रावण अपने रावण अपने बारे में लोगों के सामने इस रूप में चिंतित करता है कि लोग भय से इसकी ओर आकर्षित होने लग जाते हैं जैसे देखते हैं वर्तमान समय में में भारत में नोटबंदी किया गया जो, जो रावणीय विचार से पूर्ण रूप से मिल खाता है इस निर्णय में छल है और स्वार्थ भी है पर लोगों की भलाई इसमें निहित नहीं है अब छल जनता के साथ इस रूप में किया गया कि भारत के लोगों को बताया गया कि एक हज़ार जैसे बड़े नोट के कारण देश में काला धन जमा हो रहा है यदि नोट सौ रुपया दो सौ रुपया पाँच सौ रुपया, के नोट रहेंगे तो काला धन जमा नहीं होगा इसलिए मौजूदा रावण्य सरकार ने नोटबंदी किया लेकिन नोटबंदी के बाद एक के स्थान पर दो का नोट ले आया क्योंकि लूट मचाने का असली मकसद था इस रावण को नोटबंदी से जनता रोते रही बिलकते रही तड़प तड़प कर मरते रही लेकिन रावण हंसता रहा देश में डंका पिट पीट कर कहता रहा कि इससे देश का भला हो रहा है जबकि देश के लोग बर्बाद हो हो रहे थे और रावण के शुभचिंतक आबाद की ओर बढ़ रहे थे भारत के वर्तमान रावणीय फैसला का स्वरूप धीरे धीरे व्यापक होते ही चलता गया और हो भी रहा है जैसे कोरोना लॉकडाउन में सरकार ने जनता के साथ जो व्यवहार किया और इसके जो परिणाम आए वो ये हैं कि नोटबंदी से ज़्यादा लोगों की जिंदगियाँ लॉकडाउन में बर्बाद हुई है इससे भयावह स्वरूप वो किसानों जो अपने हक के लिए दिल्ली के पास आंदोलन कर रहे हैं हैं भविष्य में उन पर होने वाला है और आगे के समय में भी अत्याचार की सीमा बढ़ेगा ही कम नहीं होगा सिर्फ अत्याचार के स्वरूप बदले अवस्था में होंगे महर्षि वाल्मीकि ने ऐसे ही रावण्य सोच वाले शासक की कल्पना अपने रामायण में रावण के रूप में किए हैं यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और जय श्री राम और जय हिंद